रिवान वेलकम टू अवर न्यू टॉपिक तो आज का जो टॉपिक है वो है सेक्शन ट्वेल्व के बारे में जैसे कि हम फैक्ट्री एक्ट के बारे में अभी बात कर रहे हैं फैक्ट्री एक्ट 1948 तो सेक्शन एलेवन के बारे में हमने कल बात की थी आज हम सेक्शन ट्वेल्व के बारे में बात करेंगे तो सेक्शन ट्वेल्व जो है वो क्या बताता है ठीक है तो सेक्शन ट्वेल्व के अंदर बताया गया है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड इफ्लुएंस ठीक है तो जितना भी डिस्पोजल रहता है जितना भी इंडस्ट्री से फैक्ट्री से निकला हुआ वेस्ट रहता है वो क्या करा जाता है ट्रीट किया जाता है ठीक है उसे इस तरीके से अफेक्टिवली अरेंजमेंट्स किए जाते हैं जिससे कि जो फैक्ट्री में जो भी जितना भी वेस्ट है वो वेस्ट जो है वो हम वापस से रियूज में ले सकें है ना तो किस तरीके से डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज और इफ्लुएंस किया जाता है उसके बारे में सेक्शन ट्वेल्व में बताया गया है जिससे कि ये जो सारा वेस्ट मटेरियल है वो अ uh, फैक्ट्री से इधर बाहर मतलब बाहर ड्रेन नहीं किया जाए या बाहर फेंका नहीं जाए बाहर थ्रो नहीं किया जाए कोई पोल्यूशन बनने के चांसेस ना हो जैसे कि कोई वाटर uh, पोल्यूशन ना हो जाए लैंड पोल्यूशन ना हो जाए ठीक है सॉइल पोल्यूशन ना हो जाए इस तरीके के पोल्यूशन से बचने के लिए ये सेक्शन निकाला गया है ठीक है तो एलेवेन में जैसे कि क्लिनिनेस पर ध्यान दिया गया था वैसे ही इस वाले में सेक्शन ट्वेल्व में डिस्पोजल ऑफ वेस्ट पर ध्यान दिया गया है ठीक है तो इस तरीके से काफ़ी सारे सेक्शंस बताए गए हैं काफ़ी सारे सेक्शंस को डिवाइड किया गया है सब सेक्शंस के अंदर फैक्ट्री से रिलेटेड ही मटेरियल्स के बारे में बताया गया है कि आप कैसे इंडस्ट्रियल हाइजीन्स रख सकते हैं तो नेक्स्ट सेक्शन थर्टीन की हम बात करेंगे तो सेक्शन थर्टीन के अंदर बताया गया वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर अब जैसा कि आप सब जानते हैं इतनी सारे एम्प्लॉयज़ वहां काम कर रहे हैं तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ के ऊपर भी हमें ध्यान देना होगा और मान लीजिए अब फैक्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है ओब्वियसली हीट होगी टेम्परेचर भी हाई होंगे काफ़ी जगहों पे जहां मैन्युफैक्चरिंग चल रही है जहां बॉयलर्स लगाए गए हैं जहाँ सारी मशीन्स फिट की गई हैं है ना जिस भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो सारी चीज़ें तो वहाँ क्या टेम्परेचर हमें मेंटेन करना होगा तो टेम्परेचर कैसे मेंटेन हो तो उसके लिए प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए प्रॉपरली ठीक है जिससे कि वेंटिलेशन ठीक से हो सके और टेम्परेचर जो है वो वहाँ का ज़्यादा हाई ना हो सके जिससे कि जो वहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको वर्क करने में प्रॉब्लम आए क्योंकि हमारा काम है सेफ्टी वा सेफ्टी का काम है सेफ्टी वालों का काम है कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ पर भी उन्हें ध्यान देना है तो अगर वो लोग ये वेंटिलेशन और टेम्परेचर पर ध्यान नहीं देते हैं तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स उन्हें सामने आ सकते हैं ठीक है तो इसमें यही बताया गया है कि आप वेंटिलेशन करने के लिए क्या करें तो देखिए आपको वेंटिलेशन के लिए आप फै फैंस का यूज़ कर सकते हैं ठीक है एग्जॉस्ट फ़ैन जो कि ऑटोमेटिकली जो चलते हैं ठीक है आप वहाँ पे वेंटिलेटर्स बन वेंटिलेशन के लिए वेंटिलेटर्स बनवा सकते हैं तो यहाँ टेम्परेचर से ये वर्क रूम जहाँ भी चल रहा है उसका टेम्परेचर आप कैसे मेनटेन रख सकते हैं उसके बारे में पूरी बात की गई है ठीक है अब आप मान लीजिए कि कहीं का टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हाई हो रहा है और वहाँ एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है कि उनको इस तरीके की चीज़ें सामने आएंगी जो कि गर्मी होने के कारण उस जगह पे हीट होने के कारण उनको वो बीमारी हो रही है ठीक है या वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं ठीक है या फिर बॉडी में उनकी वीकनेस आ रही है या चक्कर खा के गिर जा रहे हैं ठीक है तो वेंटिलेशन सिस्टम जो है वो बहुत ही प्रॉपरली मेनटेन होना चाहिए जिससे कि टेम्परेचर टेम्परेचर पर वर्क रूम टेम्परेचर पर ध्यान दिया जा सके हेल्थ पर ध्यान दिया जा कि क्योंकि हेल्थ अच्छी होगी तभी हमारी प्रोडक्टिविटी वहां से बढ़ पाएगी ठीक है तो वॉल्स और रूफ्स और जो भी मटेरियल्स हैं वो किस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं टेंपरेचर कैसे आप आ, बढ़ने से रोक सकते हैं ठीक है हम लो टेंपरेचर कैसे रख सकते हैं हम क्या क्या वहाँ अरेंजमेंट्स कर सकते हैं हम कितने तरीके के एग्जॉस्ट वहाँ यूज़ कर सकते हैं ठीक है कैसे विंडोज़ दे रखी हैं ठीक है किस तरीके डोरस हैं वहाँ पर है ना कितने आ, ओपन ओपन एरिया कितना है ये सारी चीजें देखते हुए हम टेम्परेचर को एक लेवल पे ठीक ला सकते हैं ठीक है तो सेक्शंस जितने भी हैं फैक्ट्री एक्ट के अंदर वो सारे कहीं ना कहीं पूरा एम्प्लॉय से रिलेटेड है ऑक्यूपेशनल हेल्थ से रिलेटेड है ऑक्युपेशनल से रिलेटेड है सारा कुछ जो है वो उस वर्क एरिया में होने के साथ साथ वहाँ के बाहर के एटमॉस्फेयर को बाहर के एन्वायरमेंट को सेफ रखने के लिए भी ये सारे सेक्शंस बनाए गए हैं क्योंकि एक वर्क का प्लेस का काम है एक ऑर्गेनाइजेशन का यही काम है कि वो अपने साथ साथ दूसरों को भी सेफ़ रख सके ऐसा ना हो कि उनके जहाँ काम हो रहा है उस वर्क प्लेस पर ही सारी सेफ्टी मैंटेन की जाए और बाहर की सेफ्टी नहीं देखी जाए तो ऐसा नहीं होता है आपको हर जगह का सेफ्टी मेंटेन करके रखना है ऑन साइड भी और ऑफ़ साइड भी ठीक है तो हमारे अभी तीन सेक्शंस हम पढ़ चुके हैं इलेवन में हमने क्लीनलीनेस के बारे में पढ़ा ट्वेल्व में हमने पढ़ा वेस्ट डिस्पोजल वेस्ट के बारे में थर्टीन में हमने वेंटिलेशन टेम्परेचर के बारे में पढ़ा जिसमें कि हमें टेम्परेचर्स को मैंटेन रखना है जिससे कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े और प्रोडक्शन भी ठीक से हो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ सके और क्वालिटी भी अच्छी हो क्योंकि सेफ्टी के साथ साथ हमारे तीन चीज़ों पर भी ध्यान रहता है क्वालिटी प्रोडक्टिविटी और ऑक्युपेशनल हेल्थ ठीक है तो ये सारी चीज़ें तभी अच्छी हो पाएंगी जब हम ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं हमारे जो सेक्शंस के अंदर बताया गया है कि वेस्ट जो है उसे कैसे डिस्पोज करना है वेंटिलेशन सिस्टम कैसे रखना है हम कैसे अपनी इंडस्ट्री की हाइजीन रख सकते हैं इंडस्ट्रीज़ जो है फैक्ट्रीज जो है उन्हें कैसे हाइजीन आप रख सकते हैं ये सारी चीज़ें भी सेक्शंस में बताई गई हैं तो ऐसे ये जो चीज़ें हैं यहीक्यूपेशनल हेल्थ को मेंटेन करने में ताकि जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वर्कर्स हैं उनको कोई इश्यूज ना हो हेल्थ से रिलेटेड तो अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो ऑब्वियसली कोई काम रुकेगा नहीं काम नहीं रुकेगा तो प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी है ना तो ये जो है सेक्शन ट्वेल्व और थर्टीन के बारे में आज हमने बात की नेक्स्ट सेक्शंस के बारे में भी मैं आपको बताऊँगी तो आज का यही टॉपिक था सेक्शन थर्टीन और ट्वेल्व के बारे में सो थैंक यू